रेगो, आज भी तेरे बदन में इतनी गर्मी है कि खिचड़ी को दूर से ही पका दे और पका के वहा पी देखती है आने दो आज राकेश हाँ। अपने घर में भी शांत करूंगी रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी क्या हुआ? आज हुआ आज फिर नुकसान क्या? घड़े की लंड से लिखी हुई मेरी किस्मत तो वो लड़ मेरी किस्मत में लिख दो ना